यो क्या बोलती है जनता लोग क्या बोलती है जनता लोग क्या बोलती है जनता लोग आप बोले जनता लोग क्या यही गोमेंट बस यही इनको जनता को बस दिखाती है, है, है, तो है जनता भी जानती है, है पुण्य कम दादा पाप और फिर उतारने को टोंगी चाहे चारों धाम मैं नहीं कहता है इनके काम सारे गलत है और जो भी काम चाहिए उनमें थोड़ा फर्क है एक दो दिन के मैंने काले बस काम की ताकि सारी जनता इनकी तरफ तब कहा थे जब सड़क पे थे किसान भाई ना वो नुकसान खुद ही भर पाए वो के पीछे हैं पड़े जैसे परछाई कड़ती है पर बातों में सच्चाई संगप चलना है नया सवेरा आएगा तेरा गेम खत्म कब तक तू खाएगा पहले तेरा साफ जनता का फायदा नया होगा रूल और नया होगा कायदा क्या संगअप चलना है नया सवेरा आएगा गेम खत्म कब तक तू खाएगा पहले तेरा था जनता का फायदा नया होगा रूल और नया होगा कायदा क्या? लॉकडाउन के नाम पर सब कुछ बंद किया फिर क्यों खोल दी शराब की आंखें खुली पर मानी गलतियां डिमोने के नाम पर बोला था जी डी पी में अब होने वाला थोड़ा गप है जीडीपी गिरी फिर दो से देश के लिए बड़ी बात इनके लिए धंधा है बनने से पहले इन्होंने किया वादे बहुत बोला दो साल में होगी पूरी गंगा शुद्ध आठ साल बीते पर बन गई है बात गुप्त कोई सवाल नहीं क्यूँ आज सब है तुम कुछ न्यूज चैनल इनके सपोर्ट में कुछ हुआ गलत हाथों उनके रिमोट है, है मेरा जनता लोग क्या बोलती है जनता लोग जनता लोग क्या क्या बोलती है जनता लोग क्या बोलती है जनता लोग क्या बोलती है जनता लोग अब बोलेगी ये जनता लोग क्या बाकी बातें मैटर नहीं करती ये तो बस वो टक्के आती है किसान लटका फांसी पे क्यों तो ये तो यही क्रांति है मैं नहीं हूं यहां किसी के सपोर्ट में देख मेरी सोच सच्चाई भी मेरा साथ है। अगले साल फिर इलेक्शन है ब्रो देना उसे वोट जो पांच साल साथ नना नही क्या बोलती है जनता लोग क्या बोलती है जनता लोग क्या बोलती है जनता लोग अब बोलेगी जनता लोग क्या क्या बोलती है जनता लोग बोलती है जनता लोग क्या बोलती है जनता लोग लो, अब बोलेगी जनता लोग क्या संगप चलना है नया सवेरा आएगा तेरा गेम खत्म कब तक दुखाएगा पहले तेरा रहा था अब जनता का फायदा नया होगा रूल और नया होगा कायदा क्या संगप चलना है नया सवेरा आएगा तेरा गेम खत्म कब तक दुखाएगा पहले तेरा रहा था अब जनता का फायदा नया होगा रूल और नया होगा कायदा क्या